एक दिन में तलाक कैसे ले सकते हैं तुरंत तलाक लेने का क्या हो ऑप्शन से दोस्तों मैं बात बताता हूँ अगर आपके दिन, आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते हैं आए दिन आपके खिलाफ़ उकसाने की आपके दबाव डालते पैसे देने के दबाव डालते हैं कि आपके साथ आपकी पत्नी अच्छा व्यवहार नहीं करती है उनके आपके ससुराल वाले आपके साथ बदमी से बात करते हैं आपको धमकाते हैं आपसे पैसे हटने की बात करते हैं तो ये चीज़ आपको तलाक दिलवा सकती है ये चीज़ ही आपको तलाक़ देने में बहुत बड़ी समस्या उन लड़कियों वालों के लिए खड़ी कर सकती है क्योंकि आपके पास ओनली उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराना है जो आपके को परेशान करते हैं जो आपको उकसाते हैं आपसे पैसे अटने की बात करते हैं इस प्रकार के व्यक्तियों से अगर आप या उनके मुकदमा दर्ज नहीं भी कराते हो तो उनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास होनी चाहिए इसलिए कि आपको तलाक़ लेने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो पति पत्नी हैं दोनों में नी अनबन होती है उनका रिश्ता जाने की संभावना नहीं आगे तक या उनका रिश्ता रह नहीं सकता तो उस प्रकार के व्यक्तियों को ये महसूस हो जाता है कि अपना रिश्ता बहुत मुश्किल तो उस व्यक्ति इस प्रकार की चीज़ें को ध्यान में रखनी चाहिए इस प्रकार की चीज़ अपने पास रखनी चाहिए जो आने वाले भविष्य में या आने वाले दिनों में आपका काम आ सके तो आपको अगर इस प्रकार से कोई भी ससुराल वाले आपके खिलाफ गाली गलोफ करते हैं भड़काऊ के भाषण देते हैं या आपको परेशान करते हैं तो आप उनके खिलाफ़ या तो शिकायत दर्ज करा सकते हैं या उनके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करा कर आप तलाक ले सकते हैं उसमें आपको तलाक लेने में कोई समस्या नहीं आई क्योंकि आपके पास एविडेंस है आपके पास वो रिपोर्ट दर्ज कराई है जो कॉपी है क्योंकि आप वो व्यक्ति परेशान करते हैं पैसे अटने की बात करते हैं यही मानसिक क्रूरता करते हैं तो यही आपको तलाक लेने में आसानी हो सकती है आपको तलाक निश्चित आपको मिल जाएगा इसलिए दोस्तों में उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा मैं इस वीडियो में क्या बताना चाह रहा था क्योंकि आपको लगे कि आपका वैवाहिक जीवन खतरे में है आपका वैवाहिक जीवन आगे नहीं चल सकता आपका वैवाहिक जीवन में तलाक होना निश्चित है तो आपके आपको ये चीज़ें ये एविडेंस के तौर पे रखना है अगर ये चीज़ें आपने एविडेंस के तौर पे रख ली तो निश्चित आपको तलाक लेने में आसानी होगी आपको एक दिन में भी तलाक मिल सकता है इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू